Welcome to my YouTube गुड मॉर्निंग भागलपुर तिलका मधि भागलपुर यूनिवर्सिटी पार्ट वन दो हजार बीस ऐसी तेईस सेशन का एग्जाम फॉर्म भरा जा रहा है एग्जाम फॉर्म में आपका डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन रसीद एडमिशन रसीद इंटर का मार्कशीट लगेगा आपका एग्जाम फॉर्म ऑनलाइन निकलेगा रजिस्ट्रेशन रसीद ऑनलाइन निकलेगा कृपया ऑनलाइन निकलवा लें कलर होना चाहिए वही आपका एडमिट कार्ड बनेगा अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और एकजुट का परिचय दें धन्यवाद